गुजराती समाज भोपाल ने मिट्टी के गणेश जी बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया समाज अध्यक्ष संजय पटेल और महिला मंडल अध्यक्षा सरोज बेन पटेल के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है भोपाल में गुजराती समाज महिला मंडल ने मिट्टी के गणेश जी बनाने की कार्यशाला आयोजित की इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मिट्टी के गणेश जी बनाने के तरीकों को देखा और विस्तार से इस पर चर्चा की उन्होंने गुजराती समाज के इस आयोजन की तारीफ भी की पर्यावरण संरक्षण में इसे सराहनीय कदम बताया सारंग ने समाज के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार का आयोजन किया जाना सामाजिक प्रगति में आवश्यक है वर्तमान के बढ़ते प्रदूषण के समय इस प्रकार की जागरूकता अभियान जरूरी है इसमें समाज की सदस्य अर्चना व्यास रेखा कांटा वाला सहित बड़ी संख्या में गुजराती समाज की महिलाएं मौजूद रही इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक अर्चना व्यास और रीना बिन मेहता ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया What starts here changes changes the The The the the world. world the world world, of opportunities, the world of opportunities. inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. बेस्ट Group, choose the best to be the best. For admissions call वन